त्योहार तो होते जो लोगों को सब कुछ बुलाकर एक कर भारत को दो तो त्यौहारों का देश माना जाता है आज हम जिस त्योहार की बात करने जा रहे वो अपने आप में विशेष मायने रखता है जिसने न ही केवल क्रिकेट में इतिहास रचा है बल्कि दुनिया में भारत का स्तर ऊंचा किया है जहाँ दोस्तों हम बात करें इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेट आई पी के बारे में दो में स्थापित की गई आई की कुछ ऐसी विशेषता जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और साथ ही साथ गर्व भी महसूस करेंगे और आज की इस वीडियो में भी हम आईपीएल आई पी एल के बारे में बात करेंगे तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो चले शुरू करते हैं। नंबर पाँच पर है आईपीएल के रिकॉर्ड्स आईपीएल की शुरुआत के दौर में ललित मोदी जो उस समय बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे उनको ही इंडियन प्रीमियर लीग का फाउंडर माना जाता है साथ ही साथ भी उस समय के पहले चेयरमैन और कमिश्नर भी थे रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोस्तों आई दुनिया की सबसे ज्यादा अटेंड की जाने वाली क्रिकेट लीग है हालांकि 2014 हजार की रैंकिंग के अनुसार आईपीएल दुनिया के सभी खेलों में देखा जाने वाला छ नंबर का खेल बन गया था यहाँ तक कि 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग एकमात्र ऐसा इवेंट था यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था दो में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू लगभग सैंतालीस हजार करोड़ थी बस इतना ही नहीं आई हर साल कुल ग्यारह करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति इंडियन इकोनॉमी में कंस्ट्रीब्यूट करता है और कुछ इसी तरह से नंबर चार पर है नंबर ऑफ प्लेयर्स 130 करोड़ की जनगणना वाले देश के गली गली में हमें टैलेंट देखने को मिलता है दोस्तों तो आई पी एल ने हमेशा ही नए टैलेंट का स्वागत किया है आई के कुल 11 सीजन में 800 से भी ज्यादा प्लेयर्स खेल चुके हैं यहाँ तक कि साल पी एल के ऑप्शन में हजार से भी ज्यादा प्लेयर्स पार्टिसिपेट होते हैं और उसमें भारत से और दुनिया भर से ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर शामिल होते है नंबर तीन पर है आई की ब्रॉडकास्टिंग दोस्तों तो अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात की जाए तो सन दो में जो ब्रॉडकास्टिंग के सभी राइट्स सोनी टेलीविजन नेटवर्क के पास थे तब तो आईपीएल ने सोनी मैक्स चैनल को देश में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बना दिया था ताकि जब 2018 में ब्रॉडकास्टिंग के सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने खरीदे तब आईपीएल ने प्रीवियस के सारे भी वर्षिप रिकॉर्ड तोड़ दिए थे दोस्तों बी के मुताबिक दुनिया भर से लगभग छियालीस करोड़ से ज्यादा लोग आई की मैचेस देखते और कुछ इसी तरह से नंबर दो पर है प्राइस फॉर ओवन बॉल दोस्तों आईपीएल पी एल की ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप की वजह से उसके ब्रांड वैल्यू में हर साल लगभग 2000 करोड़ से बढ़त होती है। 20 ओवर्स के टूर्नामेंट में आईपीएल के दमदार ब्रांड वैल्यू के कारण एक मैच की एक ओवर में से एक गेंद की कीमत कम तेईस लाख होती है और यह बेहतर आंकड़े आई पी की समृद्धि का वर्णन करने के लिए पर्याप्त है दोस्तों आई को दुनिया भर से बेहद ही प्यार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा और हमारे लिस्ट में सबसे आखिरी और नंबर वन पर है आई की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा विशेष और गर्व की बात आई की फैन फॉलोइंग की है दोस्तों आमतौर पर आई पी की टीम्स को भारत के अलग अलग राज्य में डिवाइड किया है जैसे राजस्थान के राजस्थान रॉयल्स दिल्ली की दिल्ली कैपिटल्स या आंध्र प्रदेश की सनराइजर्स हैदराबाद लेकिन दोस्तों इन सबसे परे एक फैन को कभी सीमाएं मायने नहीं रखी चाहे वो चेन्नई से मुंबई का फैन हो या महाराष्ट्र से आर का या तो फिर कर्नाटका से सी का दोस्तों ये बात हमें बेहद पसंद आई किस फैन को कभी सीमाएं मायने नहीं रखी मैदान में अपने सबसे पसंदीदा क्रिकेटर को खेलते देख हर फैंस के आँखें चमक जाती हैं।